इसमें देवगुरु बृहस्पति कहाँ कहाँ के लॉर्ड होते हैं तो अष्टम स्थान के होते हैं और एकादश के होते हैं तो साल के जो है मार्च महीने में जब ये यहाँ पर आपके भाग्य के घर में नीच के हो जाएंगे देखिए दर्शकों आप लोग स्क्रीन पर कुंडली देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ यहाँ पर बैठे हुए इनका नीचभंग हो रहा है वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और जो है एकादश भाव के स्वामी होते हैं साथ ही साथ यहां भाग्य के घर में नीच के हो गए हैं इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है उसके अलावा सप्तम दृष्टि ये आपके पराक्रम के घर को दे रहे हैं और नवम दृष्टि आपके एजुकेशन के घर को दे रहे हैं तो आ, गुरु का ये जो गोचर रहेगा किसी गहरे जो है शोध की ओर आपको ले जाएगा साथ ही साथ आपको जो है भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अचानक ही सभी बाधाएं आपकी खत्म हो सकती हैं लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ यहाँ पर बृहस्पति अध्यात्म की ओर भी आपको ले जाएगा पिता से पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के यहां पर योग आपके लिए बन रहे हैं देखिए पेट से रिलेटेड लीवर से रिलेटेड आपको विशेष ध्यान रखना होगा खाने पीने की लापरवाही की वजह से आपको कुछ तकलीफ हो सकती है देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पराक्रम के घर पर पड़ रही छोटे भाई बहनों से आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा साथ ही साथ इस जो है गोचर में आपके अंदर जो आप अपनी शक्ति भूल गए थे आप जो अपनी आभा भूल गए थे तो आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा धार्मिक यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी व्यवसाय को लेकर के ये समय उत्तम रहने वाला है नए प्रोजेक्ट को समय पर आप लोग पूरा कर सकते हैं जिससे आपको लाभ के साथ साथ कार्य में भी प्रशंसा मिल सकती है साल के अंतिम जो है महीनों की यदि हम बात करें तो धन को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा ये हम आपको अभी से बताए दे रहे हैं अचानक धन से जुड़ा हुआ कोई भी निवेश मत करिएगा अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो कोई ऐसा अनिति का काम मत करिएगा किसी जो है आप अगर पुरुष हैं तो विशेषकर आपको सावधानी बरतनी किसी महिला के साथ किसी प्रकार का जो है मतलब अभद्र वातावरण जो है वर्ण मत क्रिएट करिएगा या किसी भी प्रकार का कोई जो है आप लोग उसको बोल सकते हैं फ्लड इत्यादि मत करिएगा अन्यथा आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप भी इस गोचर के दौरान लग सकता है तो इन सब चीजों का आप लोगों बड़े भाई, का होता है, तो बड़े भाई से संबंधित भी कुछ मतभेद की वजह से मानसिक तनाव आपको बना रह सकता है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए बता दें बृहस्पतवार के दिन आप लोगों को करना क्या रहेगा जो विद्यार्थी वर्ग हैं खास करके जो गरीब बच्चे हैं इनको आप लोग स्टेशनरी से रिलेटेड सामग्री आपको वितरित करनी रहेगी स्टेशनरी से रिलेटेड पेन हो गया पेंसिल हो गया शॉर्पनर हो गया इरेजर हो गया साथ ही साथ कोई जो है आपकी जो है कॉपी हो गई किताब हो गया तो जो भी गरीब बच्चे हैं इनको आप लोग वितरित करिए बृहस्पतवार को साथ ही साथ यदि संभव हो तो हर बृहस्पतवार को जल में हल्दी डालकर के पीपल के वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आप लोग जो है जलार्पण करिए निश्चित रूप से भगवान विष्णु आपकी जो है मदद करेंगे एक बात और बताना चाहेंगे बृहस्पति कवच का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए लाभदायी रहेगा तो दर्शकों गुरु का ये गोचर कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए दर्शकों